एम्बुलेंस के साथ कोई नहीं करी पागल हैं। खबरदार जो वहाँ लोग पेट्रोल के साथ व्यक्ति कर रहे हैं हमारा वो एजेंसियों के लोग हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं गया हो गया हो गया हो। है बेशार, बेशार। जो भी तोड़ फोड़ करेगा एम्बुलेंस के साथ या जनाब किसी मीडिया वाले से हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसको पकड़ हमारे पास लाए जैसा लड़का साई इधर तो क्या, क्या करना है आपने? इधर क्या करना है सिक्योरिटी जाओ अपने अपने अपनी तो कोई इधर भाई इधर इधर जा रहा हो आवे सारे जाओ मैं कोई बात नहीं है शरा की कर रहे हैं में कर साहब अपने लोग शरारत रहे हैं जो भी तोड़ फोड़ करे उसको पकड़ लेगी जो भी अम्बुल से जाती करे उसे पकड़ने से कोई ले करे उसको पकड़ ले को तोड़े उसको हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं और आप शरारते कर रहे हैं हमारे काम को नुकसान पहुँचा रहे हैं मरी मरी मरी कोई पूरे बचपन फिर तो महारा शरीर और नजारा ला दाखिल हो गए कार्य करना चाहते कोई बंदा फोड़ करे तो फिल्म बना रहे हो समझे गिरफ्तार करो एक कैमरे बंद कर यार कैमरे बंद कोई बंदा मोबाइल मोबाइल होना चाहिए जेने मोबाइल से बना रहे हो तस्वीर उनका मोबाइल खा ले चाहे अपना भी हो नारे लाओ कर दो कंटे थे कर दो कोई बंद कौन करो थे करो तो ना मारिया सड़े फोड़े नू ना इतने मारे सोने बच्चे ऐसे नहीं कि गोलियां भी उन्हें चलाई बैठे बंदा रोड ने आगे पुलिस वालों वापस चले जाओ वापस चले जाओ वापस चले जाओ पुलिस वालों वापस चले जाओ वापस चले जाओ वापस चले जाओ भाई की तमाशा, किसी ऐसा रखोगे तमाशा, नज़रें वो, वाहरे लो, आसपास तो ते कोई बंदा ना खड़ा होगा, लार्कों ने सारे बंदे लोट लो, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बनाओ, बना�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 खत्म खत्म खत्म खत्म खत में नबोमतारे खत में नबोमतारे खत में नबोमतारे खत्म में नबोमतारे खत में नबोबतारे खत में नबोबतारे खत में नबोमत जिसे जिसे सारे अस्त किनारा लाओ जदारे खत्म नबोबतारे खत्म नबोवतारे खत्म नोम साजदारे खत्म नबोबतारे खत्म न बोबत साजदारे खत्म नबोमत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 अताजदारए खत्म नबुवत जिंदाबाद जिंदाबाद अताजदारए खत्म नबुवत जिंदाबाद जिंदाबाद अताजदारए खत्म नबुवत जिंदाबाद जिंदाबाद गुलाब है गुलाब है अताजदारए खत्म नबुवत जिंदाबाद जिंदाबाद हां अताजदारए खत्म नबुवत जिंदाबाद जिंदाबाद अताजदारए खत्म नबुवत जिंदाबाद जिंदाबाद बदइयों का जो यार है भाई कुछ कर रहे हैं सारे घरों को खड़ा होकर सारे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 मरी रोड से बहुत बड़ा जुलूस अलहमदुल्ला रावण पिंडी के अजूर सुन्नी आपके शाना मशाना है और कम, कम से कम 10,000 से ज्यादा अफराध का जुलूस मरी रोड से आ रहा है रास्ते सारे खुल गए हैं और लामा मुफ्ती लिया साहब ने मुझे बताया कि 5,000 से ज्यादा अफराध जो है ये रावण डेम की तरफ ऐसी आ रहे हैं इनशाला यहाँ लाखों अफराद अभी होंगे लाखों सर और यूनिवर्सिटियों स्कूल और कॉलेजों के तलबा अपनी क्लासे छोड़कर में आ गए हैं इसलिए कि ये किसी के लिए नहीं ये मोहम्मद अर्मी के खत्म नबूवत का पैरा देने के लिए आए हैं और आज इनशाला यहाँ पर लाखों अफराद के स ही सर होंगे तुम्हारे वो देखे कंटेनर हमारे आस्था में ऋषि ने हटा दिया रास्ते से वो कंटेनर हटता हुआ आपको नजर आ रहा है इसलिए की ये मोहम्मद अरबी के गुलाबों का समंदर आ रहा है सुन लो की आज हमारी कामयाबी हो चुकी है और सबको ये एडवांस पहले मुबारक से पूरे मुल्क पाकिस्तान ऐसी जलूस और कमरी वाले के गुलाम ये कॉलेज के स्टूडेंट इनशाला ये आदात बता रहे हैं कि मरी रोड में अभी याकत साहब के पास एक सिरा है और दूसरा यहाँ चुका है इन मोहम्मद अरबी के गुलाम नी अमल में आ चुके हैं और अभी जो इन्होंने हमला किया वो पछता कर वो देखे चमड़ी वाले के शेर कैसे कंटेनर को आगे लेके जा रहे हैं ये मोहम्मद अरबी के गुलाम कैसे सौ कंटेनर को आगे लेकर जा रहे हैं आज इनका रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसलिए कि ये मोहम्मद अरबी पर अपनी जानें मिछावर करने के लिए आए हैं कुर्बान जाऊ मोहम्मद अरबी के गुलामों आज आपने गुलामी का हक अदा कर दिया है आज पूरे पाकिस्तान के मजूर मुसलमानों ने गुलामी का हक अदा कर दिया है नपे, नपे, नपे। ना जुदारे खतम जुदारे खत में नोबत साह जुदारे खत में न बोव बच्चे ये अप... बच्चा कौन बंदा मार रहा पुलिस जिले मैं भी दस पिछले तो सारे फैल ब देखो देखो देखो देखो कौन कौन आया आया से भी कही के बच्चे अपने पेपर छोड़कर आ गए बहुत अलहमद अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अलामा नजाकतिया साहब जामिया जिया ऐसी आए और वो बता रहे हैं की पाँच गाड़ियों आरोप जिन पे हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया था इन्होंने पुलिस ऐसी उन्हें रिहा भी करवाया है और पुलिस यहाँ ऐसी भाग भी गई है इनशाला कोट अद्दू मुजफ्फरगढ़ हर चौक सरवर शहीद तमाम जगह से और मुल्तान से पूरे पाकिस्तान में व्यूराशकानी मुस्तफा बाहर निकल आए हैं और इस मुस्लिम लीग नून ने अपने ताबूत में आखिरी कील आज हमसे खुद छुटवाई है हम 20 बीस दिन ऐसी पुर अमन बाटे हुए थे आज की पुरमन है तुम्हारी शलिन का मुकाबला कर रहे हैं तुम्हारी गोलियों का मुकाबला कर रहे हैं लेकिन आज उन वजीरों से पूछो जो तुम्हें कहते थे ये चंद लोग हैं मैंने बहुत तुम्हें कहा ये चंद नहीं ये मुस्तफा है आज सर जोड़ कर बैठे हो तुम्हें तो जब हम लाहौर से चले थे सर जोड़ कर बैठना चाहिए था कि हमसे कौन सी गलती हुई मुमताज कादी को तुमने शहीद किया ये तुम्हारी पहली गलती थी आज फतम्बत के परमानों पर तुमने सीधी गोलियाँ चलाई हैं ताइारे मदीना देख रहे हैं अल्लाह की लाठी बे आवाज है ये तख्ते राय बेन वालों का इनशाला नामो निशान बाकी नहीं रहेगा अगर कितना फील कही तो सहम शाह महा काफले के तरी जा है आलो रसूम है इनकी जानत भी करो और इनको दाद भी देख आप अल्हम्दुलिल्लाह कोर तहर शहीद मुजफ्फर काबूर और मस्जिद में सारा काम हां जी बारे कदम ने जिंदाबाद जिंदाबाद और कभी लदीर कानून की परस की तब बम रहेगा भाई जियो लांपी जियो नामी जियो टीवी नामी भंगरोत जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है मीडिया वाले सब सारे उन्होंने हमसे गद्दारी नहीं की थी सुविधा से गद्दारी की है तो खबर चला रहा है कि मौलिक हाजन गिरफ्तार हो गया मौली हाजन सामने का सही है अलहमदुल्ला और देश ने सुन्नत थी देरी बाई तरफ जन लगा रहे हैं हम दोनों और हमारी पूरी मजल से शूरा और मजलैसे तमाम मौजूद है कुछ दख्मी है कुछ ठीक है लेकिन हम मैदान में मौजूद है रसूल्लाह की नौबत की हिफाजत के लिए मौजूद है और पाकिस्तान में रसूल के टीम को सख्त पर लाने के लिए हम मौजूद हैं आ रहा है इसमें एक कर लेते हैं कर लेते हैं बात फिर इसमें करंट आ रहा है आ रहा था था रहा, रहा।, रहा है है कौन कह जो मीडिया वालों ने हमारी खबरें चलाई है जैसे बाम्वे न्यूज है जिंदाबाद बाम्बे न्यूज जिन मैंने हमारी खबरें चलाई है वो सारे जिंदाबाद जो है सत्तावरी की खतरे हकूबत के बाद वो खुद में मुड़का है उनकी मसाब मुसलमान। जन्नत तो का हुकम है मोदी का राय। तमाम पाकिस्तान के मुसलमान अब घर में कोई न बैठे चाहान पर कोई न बैठे कस्तर में कोई न बैठे और धरती के लिए फैक्ट्रियां बंद कर दो और हजूद इज्जत के लिए मैदान में मैदान में अमर आज का दिन आप किसका इंतजार कर रहे हो आज का दिन है और जो भी घर में है सब निकलो मेरी जितने भी सुनी मई है जिधर भी है जिस शहर में है जिस गली में भी है सबको हुगम है की हो रोज अपने घरों ऐसी निकले और इन यु जिंदगी को बता दें कि आज इनशा इनका आखिरी दिन है, है। मैं शहीद का भाई आपसे मुखातिब हूँ सब निकले अपनी गली अपने शहर हर जगह को रहा कर दे इनको पता लगे हमने और शादी नहीं लेनी इनशा आज आज खत्म खत्म मैं वालों आपके मोबाइल पर मैं नारे लगा रहा हूँ भी नारे लगाओ का खत्म में नो वक्त उदार खत्म में नो गो खत खत्म नो गए रे खत्म नौगतारे खतम नबोगत जुदा रहे खतना नाजुदार है खत में नबोवतार बोवतारे खतना नोवत इसमें माने रही लब लिया रसूल अल्लाह लब लब है रसूल अल्लाह लब है सुननी आज कान रसूल लब है रसूल अल्लाह के दीवानों आज मरी रोड पर हुकूमत है पाकिस्तान ने और पंजाब पुलिस ने अपना शौक पूरा कर लिया है अपना शौक पूरा कर लिया है, है। अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी की गली गली से नौजवान निकले हैं और शमशाबाद से लेकर फैजाबाद तक पुलिस को इतना बगाया है इतना उपाया है की ये मंजर पेश किया है जिधर हो गया मस्त का मंजर सब मस्त का मंदिर और पिंडी का बच्चा बच्चा मरी रोड पे मरी रोड पे पूरा पिंडी ब्लॉक हो चुका है मुख्तलिफ इलाकों में और रवाज तक के और इधर सैक्सर रोल तक रोड ब्लॉक हो चुके हैं एक एक गली से और पुलिस मरी रोड से इस तरह भागी है जिस तरह भागने का नाम होता है दो तो बंद गाड़ियां रह गई हैं जिनका गहराओ नौजवानों ने किया है इन्होंने हमारे ऊपर छाने से, लेकिन पिंडी और गोलियां बरसाई हैं, फायर किए हैं और पिंडी की इंतजामिया पुलिस ने जितने लोगों को गिरफ्तार अभी कुछ देर पहले किया था परवानों ने उन्हें भी छुड़ा दिया है और हमका नाम देना चाहते हैं तुमने हमला किया है तुम्हें मुबारक दो अख्तियार हो गया अगर तुम स्वाहित करोगे हमारे सीनियर आते हैं हम ये मंदिर पेश करेंगे कभी कभी से राजू मुमताज चौधरी का जिहाना निकलेगा कभी कभी से मुमताज चौधरी का मिशन निकलेगा कभी कभी ऐसी यार सुजा की सदा बुलंद होगी और हम अपनी की आदत को सलाम करते हैं आपको सलाम है आप जहां मौजूद हैं पूरी दुनिया के आस्थान रसूल आपके साथ लब्बे तारा गुलंद कर रहे हैं दा दा हमने काबे शरीफ में या रसूल अल्लाह नपई नपई नपई या रसूल अल्लाह नपई नपई नपई या रसूल अल्लाह नपई नपई नपई जी भाई इधर ले वो हेलो इधर ले वो ए आशिकानी मुस्तफा अपना बच्चा कुछ नहीं करता बस भाई किसी का अपना बच्चा <हैं> हे मुमताज कमताज खबरदारदारे मुमताज का खबरदार, खबरदार, ये ये ये अपना अपना अपना बच्चा, बच्चा, बच्चा, बच्चा, कमीने ना का बड़ा बच्चे पुलिस तो वाले पर जो हाथ उठाए ये हमारा अपना बच्चा है ये तो इसकी शक्ल ही भी होता तो तो तो तो है अपने बच्चे पुलिस वाले को किसी ने हाथ भी नहीं लगा ये अपने बच्चे अपने बच्चे सामने नहीं करने भाई ये हमारे बच्चों की अपनी है उनको दे दो उनको दे दो दे दो उनके बच्चों को खबरदार कोई का रास्ता तैयार करे खबरदार हमारा कर। बच्चा है पुलिस वाला आ जाए ये हमारा अपना बच्चा किधर हो जाओ इधर हो जाओ इधर हो जाओ हमारा तो अपना बच्चा ये उसको आने ये हमारा अपना बच्चा अपना बच्चा है आप बच्चा ये अपना बच्चा वकील साहब बच्चे इनको घुमराह किया गया ये पाकिस्तान के मुखाले करते हैं हाँ इनको घुमराह किया गया इनको नहीं बताया गया कि कौन बैठे Bas zindabad zindabad ey ya Resulullah ey ya Resulullah ey ya Resulullah ey ya Resulullah भाई बच्चे पुलिस वाले मैंने उनको इधर से कहा तो ये चले गए मैंने उनको इधर से कहा तो वो चले गए आज उनको क्यों करते हमारी बात समझ ली है आप नहीं मारते गोली नहीं मार नहीं मारते गोली आपको किस कोई कुछ नहीं था एजेंसियां खुद हैच में पक पक कर रहा है कुछ भी नहीं हो रहा खुद आग लगा रहे हमारा हमें कुछ करना होता तो यहां इनका मुकाबला न करते हमारा ये मिशन ही नहीं है हमारा कोई मिशन नहीं है चलाओ गिराओ जो कर रही है एजेंसियाँ कर रही है हमारा कोई कारकुजे बुलबस नहीं है पुलिस खुद कर रही है सफेद कपड़ों में खुद कर रहे हैं हमारा कोई कारकुन किसी की तारवाई में बलोबस नहीं है हमारा यही है दारे खत्म जिंदाबाद जिंदाबाद हम तो कहते हैं जिसमें खत्म नबोमत पर धाका डाला है उस मजीद को अलहदा करो बात खत्म नबोबत अब आप बैठना शुरू हो जाए घर में घर में पीछे तो